मैं हूँ राधे माँ दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े yeah. श्री राधे माजी के जन्म दिवस के उपलक्ष में 2 मार्च 2023 को फ्री मेडिकल और हेल्थ चेकअप कैंप और 3 मार्च को फ्री फैंस और अनाज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया है रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से 20 फरवरी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक आधार कार्ड जरूरी ग्राउंड फ्लोर श्रीराम राम ट्रेड सेंटर एस रोड चामुंडा सर्कल के पास बोरीविली वेस्ट दुण। दुण। दुण। दुण। दुण। ली बजा कर गाना हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे तेरी जरूरत है, है। हे मुझे तेरी जरूरत हमने माँ कहा और बंबई से हमारी रात है माँ हमारे बीच दर्शन के आगे जरा तली एक बार दोनों हाथ उठा के री जरूरत है, है। कब डालो जी मेरे घर डेरा कब डालोगी मेरे घर डेरा हमें फेरा नहीं चाहिए फेरे में तो आओगी और जाओगी कब डालोगी दौरे दौरे आते हैं किद तेन दसीए जी कि तेनू चाहे कि तेन दसीए जी कि तेन चाहते है मां कुछ देरी को तो राम का नाम अच्छा नहीं लगता जैसिया राम बोले तो नमस्ते बोलते अब उस रहीम का भी क्या करें जो नमस्ते का जवाब दे देश को जितने लूटा औरंगजेब उनके नाम से सड़के बनी हुई हैं। बताओ क्या करें और जो बनाकर के लाल किला किसने बनाया हमारे बच्चों को पढ़ाया गया मुगलों ने बनाया लेकिन लाल किला भी राजा ने बनाया था जिसका नाम कोमत कई लोगों को राम का नाम अच्छा नहीं लगता उन्हें बता दू जो नाम ला ना ले राम का वो काम करें चांदाल का मृत्यु भी उसका बिना ले जो भक्त हो का, दोनों तो हाथ उठा लगेगा श्री राधे माँ जी के जन्म दिवस के उपलक्ष में दो मार्च 2023 को फ्री मेडिकल और हेल्थ चेकअप कैंप और तीन मार्च को फ्री फैंस और अनाज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया है रजिस्ट्रेशन पंद्रह फरवरी से बीस फरवरी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक आधार कार्ड जरूरी ग्राउंड फ्लोर श्रीराम राम ट्रेड सेंटर एस रोड चामुंडा सर्कल के पास बोरीविली वेस्ट मैं हूँ राधे माँ दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लैसिंग है की ये बहुत आगे बढ़े Yeah. Yeah.